वृषभ राशि के जातकों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं मार्च माह के राशि जो है राशिफल के इस कार्यक्रम में मार्च का महीना वृषभ राशि के जातकों के जीवन में क्या नवीन खुशियां लेकर के आया है वृषभ राशि के जो भी जातक अपने अपने गोल सेट किए हैं क्या कि मार्च माह में वो उनको अचीव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ दर्शकों को मार्च माह को आप प्रभावी कैसे बनाएं शुभ कैसे बनाएं मार्च माह में आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी मतलब डेज कौन कौन से रहेंगे शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे वहीं प्रतिकूल दिवस कौन कौन से रहेंगे आपके लिए शुभ कलर कौन से रहेंगे तो इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले हम बताना चाहते हैं प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है जी हाँ देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्राया ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप लोग राशिफल देखा करिए जन्म राशि की प्रधानता दिया करिए नाम राशि की चिंता मत किया करिए इस माह के प्रमुख व्रत ये एवं त्यौहार कौन कौन से हैं तो आइए उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं छः तारीख शुक्रवार दिन रहेगा और एकादशी तिथि रहेगी वहीं नरसिंह द्वादशी जो है छः तारीख को ही रहेगी नौ तारीख सोमवार दिन रहेगा और इस दिन होलिका दहन रहेगा और छोटी होली भी रहेगी वहीं जो है दस तारीख को पूर्णिमा तिथि रहेगी और रंगावली अर्थात रंग जो खेला जाएगा ये दस तारीख को खेला जाएगा इससे संबंधित इंडिविजुअल वीडियो हमने वृषभ राशि के जातकों का बना रखा है हमारे चैनल पर आप लोग जा करके देख सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों जो है चौदह तारीख शनिवार दिन रहेगा और मीन संक्रांति रहेगी देखिए दर्शकों संक्रांति क्या होता है तो सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हैं इसी को संक्रांति बोलते हैं चौदह तारीख को सूर्यदेव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आएंगे तो मीन संक्रांति इनको बोलेंगे वही 16 तारीख सोमवार दिन रहेगा और शीतला अष्टमी का व्रत रहेगा कालाष्टमी का भी व्रत रहेगा उन्नीस तारीख बृहस्पतिवार पाप पापमोचनी नामक एकादशी का व्रत रहेगा और इसका बड़ा ही महत्व है बड़ा ही विधान है हमारे धर्म ग्रंथों में साथ ही साथ दर्शकों जो है पच्चीस तारीख को जो है गुड़ी परवा रहेगा सत्ताईस तारीख शुक्रवार गौरी पूजा भी रहेगी और मत्स्य जयंती भी रहेगी वहीं अट्ठाईस तारीख शनिवार को विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा आप लोग व्रत रह सकते हैं रोहड़ी व्रत भी रहे जो है इसको बोला जाता है तो दर्शकों ये तो थे व्रत एवं त्यौहार मार्च माह के अब वृषभ राशि के जातकों का आ, ये माँ कैसा जाएगा लेकिन ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है इस पर आइए दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए दर्शकों राहु देव जो गोचर कर रहे हैं यह मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं मंगल देव 21 तारीख तक कुंभ जो है धनु राशि में रहेंगे गुरु केतु और मंगल ये तीनों धनु राशि में रहेंगे लेकिन इक्कीस तारीख के बाद से मंगल उच्च के हो जाएंगे शनिदेव का इनको साथ मिल जाएगा साथ ही साथ दर्शकों सूर्यदेव अः 14 तारीख को जो है ये मीन राशि में जाएंगे इससे पहले ये कुंभ राशि में रहेंगे बुद्ध देव कुंभ राशि में जो है चलायमान है साथ ही साथ दर्शकों देव हमने बता दिया कि ये जो है अपनी स्वराशि इनका जो है गोचर हो चुका है मकर राशि में चलायमान है शुक्र देव मेष राशि में, में चलायमान रहेंगे तो इन्हीं गोचर जो है ग्रहों के गोचर व्यवस्था पर यह राशिफल तैयार किया गया है आप लोग अपना इसको जो है जो हमने कह दिया जरूरी नहीं कि पूरी चीज ये आपके साथ घटित ही हो क्योंकि वृषभ राशि है करोड़ों लोगों की आपके जीवन में वास्तविक स्थिति क्या चल रही है ये आपकी जन्मकुंडली देव करके ही पता लग सकता है इसके लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं शुल्क के साथ ही सुविधा है क्योंकि दर्शकों करोड़ों लोगों की राशि वृषभ राशि है और प्रतिदिन बहुत ज्यादा फोन कॉल आते हैं तो सबको ऐसे जो है मतलब हम समय बहुत ज्यादा कीमती है तो इतना ज्यादा सबको समय नहीं दे सकते हैं उसके लिए सप्ताह में एक दिन संडे को रात्रि दस से ग्यारह बजे तक की हम लाइव होते हैं आप लोग जुड़ करके वहां पर हमसे या तो अगर आपको कुछ पूछना तो आप लोग पूछ लीजिएगा या बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तो आप लोग अपने अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वृषभ राशि के जातकों मार्च का ये माह कैसा रहेगा तो देखिए मार्च के इस महीने में आपको व्यवसायिक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी निश्चित रूप से आप जो भी व्यवसाय करेंगे चाहे वो पार्टनरशिप में हो फिर चाहे वो किसी के साथ जो है पहले से चला आ रहा हो उसमें निश्चित आपको सफलता मिलेगी इस माह नई नई कार्य योजनाएं वृषभ राशि के जातक बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग सामाजिक कार्यो में समय देंगे अभी तक जो आपका व्यस्त दिनचर्या व्यस्तम शेड्यूल चला आ रहा था तो अब आप लोग सामाजिक कार्यो में बढ़ चढ़ करके समय देते हुए दिखाई जो विरोधी आपके पीछे अभी वही दाम्पत्य जीवन का सुख आपको बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी कोई को को बहुत बड़ी अचीवमेंट कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कोई बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त Uh, होती हुई दिखाई पड़ रही है वरिष्ठों का अनुग्रह प्राप्त होगा जी हाँ देखिए बहुत बड़ी बात है वरिष्ठों का अनुग्रह जो आपके बड़े लोग हैं उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनेगी आपके उच्चाधिकारी हैं उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनेगी घर परिवार में किसी आध्यात्मिक अथवा मांगलिक उत्सव में प्रशासकीय सहयोग मिलेगा साथ ही साथ इस माह कोई पदोन्नति आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है बहुत दिनों से आपके प्रमोशन लटके हुए थे 2019 में नहीं हुआ था 2018 में नहीं हुआ था मन दबाए हुए थे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि दो जो बीस है और मार्च का ये महीना है ये पदोन्नति लेकर के आया है पदोन्नति से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है पुराने जो रोग अभी तक आपको नहीं छोड़ रहे थे इस महीने आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा जो डॉक्टरों के यहां आपको इलाज चल रहा था वो इलाज अब बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है आ, एक बात और बताना चाहेंगे वृषभ राशि के जातकों दुर्घटनाओं से दैवीय रूप से बचाव होगा कोई ऐसी शक्ति जो वो आपके कुलदेवी के रूप में हो सकती हैं प्राकृतिक रूप में हो सकती हैं कुल देवता के रूप में हो सकती हैं वो आपका बचाव करेंगे तो दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा और आपकी यात्राएं जो होंगी इस माह वो यात्राएं आपकी सफल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं आपकी कोई वस्तु यदि गुम हो गई थी और बहुत आपने प्रयास किया लेकिन आपको नहीं मिल रही थी तो वृषभ राशि के जातकों निश्चिंत हो जाइए खोई हुई वस्तु की प्राप्ति इस माह आपको होगी ही होगी इससे आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा मंगल देव का ये जो गोचर रहेगा चूंकि देखिए यहाँ पर मंगल उच्च के तो हो रहे हैं लेकिन सनी देव भी अपने घर में बैठे हैं तो ये थोड़ा सा अरिष्ट रहेगा तो इसमें ये होगा कि आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता आएगी आपके अंदर थोड़ा सा द्वंद बढ़ेगा आपके अंदर थोड़ा सा ईगो ज्यादा बढ़ जाएगा तो अपने ईगो पर यहाँ पर कंट्रोल करने के सितारे सलाह दे रहे हैं अपनी भाषा पर आपको संयम रखना रहेगा मिथ्या आरोपों के बंधन का भी भय रह सकता है कार्यस्थल अथवा कार्यभार में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों को परेशान कर सकती है दूर जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी तो मिलेगी लेकिन उनके मन मुताबिक हो सकता है ना मिले यदि आप व्यापार से संबंध रखते हैं तो क्लाइंट से आपके कुछ मतभेद भी वृक्ष राशि के जात उजागर हो सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपके खर्चे पिछले माह की अपेक्षा बढ़ने वाले हैं पारिवारिक जीवन के लिए मार्च का महीना सामान्य रहने वाला है लेकिन परिवार के किसी सदस्य की सेहत में कुछ कमी आ सकती है जुपिटर देखिए नवम दृष्टि दे रहा है तो थोड़ी बहुत जो है कमी आती हुई दिखाई पड़ रही है स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है मार्च का महीना वृषभ राशि के जो छात्र छात्राओं हैं स्टूडेंट्स हैं इनके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा कोई नए प्रेम संबंधों के लिए या महीना अनुकूल रहेगा हालांकि प्रेम के रिश्ते में अचानक से किसी भी प्रकार की समस्या भी आ सकती है वही वैवाहिक जीवन की बात करें तो ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर के आप लोगों का वाद विवाद हो सकता है इस महीने सेहत के नजरिए से वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों के कोई नए रिलेशन की शुरुआत हो सकते हैं लेकिन किसी को प्लीज चीट मत करिएगा किसी को आप लोग धोखा मत दीजिएगा झूठी बातों की दिलासा मत दीजिएगा इसका आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा तो सेकेंड हाउस चूँकि राहू यहाँ पर चलायमान है, है और सेकेंड हाउस आपकी वाड़ी का भी होता है तो अपनी वाड़ी ऐसी वाड़ी बोलिएगा कि जिससे जो है लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा सेकंड का राहु जो है ये वाड़ी को कहीं ना कहीं आपके बड़ा बेकार करता है तो अपनी वाड़ी पर आपको संयम आपको नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय पर आ जाते हैं प्रोग्राम के बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग चल चुके हैं और अंतिम पड़ाव जो होता है ये होता है उपाय का तो उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए मंगलवार और शनिवार को आपको हनुमान जी के दर्शन करने रहेंगे और जो चांदी का वर्क होता है चांदी का वर्क आप लोग जानते होंगे जो मिठाइयों पर लगता है वो वर्क ले जाना है आपको और हनुमान जी को लगा देना है मंगलवार को लगाइए शनिवार को लगाइए नौकरी में इतने अच्छे आपको चांसेस मिलेंगे कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा एक बात और बता दें दर्शकों कि आप शाम के समय लगभग जो है साढ़े से साढ़े के जो है करीब डेली अष्टलक्ष्मी स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा प्रतिदिन करिए निश्चित आपको लाभ होगा तीसरा एक प्रयोग हम आप लोगों को और बता रहे हैं कि दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ सुबह करके तब आप लोग अपने ऑफिस के लिए या किसी कार्य के लिए निकलिए घर से निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ का सेवन करके जाइएगा मंगल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं कोई बहुत बड़े उपाय नहीं बताए हैं उपाय तो आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेंगे कि क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा सकते हैं तो दर्शकों आप चलते हैं इस माह के जो सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए वो कौन से रहेंगे तो आप लोग कॉपी पेन ले करके नोट कर लीजिए एक तारीख छः तारीख सात तारीख बारह तारीख चौदह तारीख इक्कीस तारीख तेईस तारीख अट्ठाईस तारीख ये सर्वाधिक शुभ दिवस रहेंगे वहीं प्रतिकूल दिवस में तीन तारीख है आठ तारीख है दस तारीख है चौदह तारीख की शाम को सोलह तारीख अट्ठारह तारीख छब्बीस तारीख इकतीस तारीख ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे इनमें आपको सावधान रहना रहेगा अपने आप को बचाना रहेगा साथ ही साथ इस माह जो भाग्यशाली कलर रहेंगे ये पिंक कलर और व्हाइट कलर आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली ये कलर रहेगा वहीं भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक दो और अंक सात ये सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेगा तो दर्शकों ये तो था वृषभ राशि का मार्च महीने का राशिफल अब दर्शकों आप लोगों को भी अपनी कुंडली का यह विश्लेषण करवाना है तो आप लोग हमारे स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं एक बार आप लोग सेवा का अवसर जरूर दीजिएगा और निश्चित रूप से हम आपको यकीन दिलाएंगे कि आप लोगों को निराश नहीं करेंगे तमाम लोग कहते हैं पंडित जी आपने इतना सब कुछ बताया पिछले माह हमारे साथ नहीं हुआ है तो हमने आपको पुनः बताया कि एक करोड़ों लोगों की वृषभ राशि है कोई आपकी नहीं है आपकी कुंडली जहाँ आपका जन्म हुआ होगा जिस समय हुआ होगा और जिस स्थान पर हुआ होगा उसके आधार पर एक जन्म कुंडली बनती है और उस कुंडली को फिर जो है अध्ययन उसका करना पड़ता है तो ये जो है आपके ऊपर 100% सटीक बैठे ऐसा हम यहाँ पर कोई भी दावा नहीं कर रहे हैं ये हम आपको बिल्कुल देखिए स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कुछ लोगों के ऊपर यह सटीक बैठेगा वहीं कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठेगा तो आप लोगों के जीवन में वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आप लोग अपनी कुंडली दिखवा करके हमसे जान सकते हैं कैसा लगा यह प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बनी जो घंटी है वो दबाइए चूंकि हम लाइव आते हैं संडे रात्रि दस बजे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है बिना किसी बाधा के तक की पहुंचे तो दर्शकों दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए हमारे जितने भी सम्मानित दर्शक हैं वृषभ राशि के नमस्कार जय श्री राम